क्षत्रिय योद्धा उदय सिंह राठौड़ जी एक वीर सिख राजपूत योद्धा मित्रों आज हम आपको ऐसी खबर दिखाएंगे जो खबर आपने शायद किसी ही चैनल पर देखी होगी आज एन पब्लिक भारत ऐसी खबर आपको दिखाएगा देखिए पूरी खबर सिख धर्म की स्थापना में राजपूतों का योगदान वीर सिख राजपूत योद्धा शहीद भाई उदा जी राठौड़ श्री गुरु तेग बहादुर जी की दिल्ली के चांदनी चौक में हुई शहादत के पश्चात उनके पावन धड़ का अंतिम संस्कार भाई लखी राय जी ने अपने घर को आग लगाकर कर दिया गया दूसरी तरफ भाई जैता जी गुरु साहिब के शीश को उठा के चल पड़े रास्ते में उनके भाई अज्ञा जी भाई नानू जी व भाई उदा जी ने उनसे आ मिले ये चारों सिख दिन रात सफर करके श्री आनंदपुर साहिब पहुँचे गुरु गोविंद सिंह जी ने सभी को प्यार दिया व विशेष रूप से भाई जैताजी को रंगरेटा गुरु का बेटा कह के सम्मान दिया भाई आज्ञा जी व भाई जेता जी रंगरेटा जाति से संबंध रखते थे और दिल्ली के निवासी थे भाई नानू जी छिवा जाति से संबंध रखते थे और वो भी दिल्ली के निवासी थे भाई उदाजी राठौड़ क्षत्रिय राजपूत घराने से संबंध रखते थे और उनकी शाखा रमाने थी भाई उदाजी का जन्म राव खेमा चंदनिया जी के घर चौदह जून उन्नीस ईस्वी को हुआ आप राव धर्मा राठौड़ के पोते व राव भुआ राठौड़ के पड़पोते थे आपकी भाई जी राठौड़ के साथ भी रिश्तेदारी थी क्योंकि उदाने व वाणी दो सगे भाइयों राव उदाजी राठौड़ व राव रामाजी राठौड़ के वंशज हैं भाई उदाजी गुरु गोविंद सिंह जी व सिख सेना द्वारा लड़े गए भगाड़ी के युद्ध में अठारह सितम्बर सोलह को शहीद हुए थे उनके साथ गुरु गोविंद सिंह जी की बुआ बीवी वीरो जी के सुपुत्र भाई संगो भाई जीतमल जी एवं राव माईदास जी पवार के पुत्र भाई हटी चंद भी शहीद हुए थे बाट बहियों ख्यातों में उनकी शहीदी का जिक्र है उदा बेटा खेमे चंदनिया का पोता धर्मे का पड़पोता मोजे का सूरत बंसी गौतम गोत्र राठौड़ रमना गुरु की बुआ के बेटे संगो शाह जीत मल बेटे साधु के पोते धर्म में खोसले खतरी के आए साल सत्रह से पैतालीस अठारह भंगाड़ी के मलहान जमुना के मध्यान राज नाहन एक घरी दिहू खेले जूझते सूनिया गैल साहे माथे जूझ कर मरा गैलो हटी चंद बेटा माई दास का पोता बबलू राय का चंद्रवंशी भारद्वाज गोत्र पंवार वंश बीजे का भंजावत जलाना बालावत मारा गया भाई उदाजी सूर्यवंशी राठौड़ राजपूत वंश के शासक वर्ग से संबंध रखते थे वो मारवाड़ के राठौड़ राजवंश के वंशज थे ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए एन पब्लिक भारत और जुड़े रहिए एन पब्लिक भारत से एन पब्लिक भारत देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्षत्रिय धर्म युगे युगे